सो गाइस, बैक है। तो गाइस, आप सोच रहे हो कि इतने टाइम से वीडियो वगैरह क्यों नहीं आ रही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी अरे मेरी ना जो है ना तबीयत बहुत खराब है मतलब शिवरात्रि से और शिवरात्रि से तबीयत खराब होने का मतलब ये है कि हम लोग शिवरात्रि का व्लॉग नहीं बना पाए थे ये बात है और ऐसा नहीं कि हम लोगों ने बना नहीं पाए हमने बनाने की बिल्कुल कोशिश की थी हम शिव मंदिर ढूंढे गए थे नागपुर में बहुत स्पेशल शिव मंदिर है बहुत बड़ा शिव मंदिर है मेरे फ्रेंड्स और मेरे जिनको जिनको मैं पहचानता हूँ मेरे वाले उन लोगों ने देख उन लोगों को देखा था मैंने शिव मंदिर जाते हुए वो वाले तो फिर मैंने भी सोचा मम्मी को बोलते हुए तो चलते हैं हम लोग गए भी आप पहले ये क्लिप देख लो फिर फिर बात कर हैं तो गाइज़ आप लोग सोच रहे हो मेरी आवाज़ ऐसी क्यों आ रही है क्योंकि गाइज आज से दो तीन दिन पहले तक से स्टार्ट होकर आज तक मेरे को बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था गाइस इतना मतलब थ्री पॉइंट वन पॉइंट फीवर हो रहा था उसकी वजह से और गाइज़ आज है शिवरात्रि स्कूल का भी हॉलिडे था उसकी वजह से आज मम्मी ने बोला कि शुरबा बर्दी में एक शिव मंदिर है तो उसको एक्सप्लोर करने चलते हैं गाइस और बताएंगे उसकी हिस्ट्री वगैरह मैंने गूगल पर वगैरह सब पढ़ लिया गाइज़ Uh, बस उसकी हिस्ट्री बताएंगे और <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> बस गाइज वहाँ पर चलेंगे आज गई शिवरात्रि है और इरा मम्मी मैं और कौन गाइज पापा चलते नहीं पापा को शॉप पे काम रहता है उसकी वजह से तो गाइज बस अभी सब लोग रेडी हो रहे हैं और अभी टाइम हो रहा है टाइम हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है टाइम हो रहा है वॉच अरे भाई वॉच कॉलिंग फंक्शन भी कहा भाई गाइस अभी हो रहा है टाइप पाँच वाइफ हम साढ़े चार तक निकलने वाले थे पाँच बज गए में चलो गाइस बस सिनेमेटिक्स इंजॉय करो देखते हैं गाइस चलते कि नहीं चलते अगर नहीं नहीं गए तो ये क्लिप नहीं आएगी फिर अपना रोस्ट ही आएगा और गाइज आज के बाद आप लोग बहुत कम मेरे को व्यूज़ दे रहे हो प्लीज़ व्यूज़ दो बस, बस, दो दो दो दो, हमारे को व्यूज दो, व्यूज दो, व्यूज दो। हमारे को को चाहिए। हमारे भी, व्यूज भी बहुत कम आ रहे। चलो चलते हैं। और खाइज अभी आपने यही देखा होगा कि हम लोग बस मैंने आपको बोला कि हम लोग शिव मंदिर जा रहे हैं और शिव मंदिर गए नहीं आप बोल रहे हो ऐसा क्यों तो बाईस हमारा ऐसा था हम गए थे बहुत आगे तक गए थे अराउंड 17, 18 किलोमीटर तक गए थे लेकिन फिर उसके बाद आया अमरावती हाईवे अमरावती हाईवे आया गाइज वहाँ पे गूगल दिखा रहा था स्टे बैक टू 17 किलोमीटर्स फॉर देट शिव मंदिर तो और हम गए भी थोड़ा लेट थे उस वजह से साढ़े सात तक शिव मंदिर बंद हो जाता है और हम घर से अनफॉर्चुनेटली सेवन थर्टी को निकले थे और हमारे घर से गूगल के अकॉर्डिंग हमारे घर से शिव मंदिर का रास्ता जो है वो वन आवर का है फोर्टी एट मिनट्स का और हमको जाते जाते साढ़े साढ़े छः बजने वाले थे और सेवन ओ तक शिव मंदिर बंद हो जाता है हम लोग वहाँ तक गए सिक्स फिफ्टीन को हमको लगा कि हम गलत जा रहे हैं फिर भी हम चलते रहे। सिक्स थर्टी को हम एक जगह पर रुके जहाँ पर अंकल ने बताया कि सूरबा बड्डी यहाँ नहीं आता पीछे घूम जाना पड़ेगा और गाइज जो वो शिव मंदिर है वो, वो सूरबा बदिन है और हम लोगों ने देखा वहाँ पे तो गई आजू बाजू कुछ भी नहीं और वहाँ पे दिखा रहा था कंटिन्यू एज़ अमरावती हाईवे टू रीच डेट शिव मंदिर ये सब बता रहा था हमको गूगल मैप्स इसलिए गाइज हम लोगों को डर लगा और हमारी मम्मी बोल रही थी कि गाड़ी में इतना पेट्रोल भी नहीं है और जाते जाते अगर रस्ते में बीच में पेट्रोल पम्प नहीं मिला तो हमारे तो लग जाएंगे <laughs> हाँ गई वही और हम लोग गए गए गए पहुंचने वाले थे बस गाइज वहां से भी 17 किलोमीटर्स का रास्ता बता रहा था हमारे को वो गूगल मैप्स तो गाइज आज आपका ना मैं थोड़ा आई क्यू बढ़ाऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और गाइज ना आज आपका थोड़ा आई क्यू तो चलिए शुरू करते हैं आपको अभी यहाँ पे ना श्रीलंका का या कोई भी कंट्री है मेरे को नाम नहीं पता ढंग से लेकिन मैंने जितना भी सुना है तो ये जो फ्लैग है ना श्रीलंका का ही है तो वाइज आपको ना ये फ्लैग में दिख रहा होगा जो शेर है ना टाइगर लायन जो भी है वो लायन या टाइगर या शेर ने हाथ में एक वो पकड़ा हुआ है क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं तलवार तलवार पकड़ी हुई है स्वाड पकड़ी हुई है हाथ में तो so मैं <coughs> <coughs> मैं पूछना चाहूंगा कि वो टाइगर ने अपने हाथ में स्वाड क्यों पकड़ी हुई है बताओ बताओ जल्दी जल्दी जाके कमेंट करो। जब तक मैं भी थोड़ा दिमाग लगाऊ मैंने गूगल पे वैसे पढ़ लिया है लेकिन पक्का है कि नहीं थोड़ा दिमाग लगाओ आप मेरे को तो पता है आंसर चलो मैं आपको बताई देता हूँ आप लोगों ने कमेंट किया होगा अभी तक स्टार्ट तो एक बार ना श्रीलंका का राजा था अब वो श्रीलंका के राजा को ना मतलब ऐसा था कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई और उसकी वाइफ की डेथ हो गई तो मतलब उसने चार साल तक अकेले रहा और उसने बोला कि अभी मेरे को सेकेंड मैरिज करनी है मेरे को अकेले रहना नहीं हो रहा तो उसने अकेले रहने को स्कीप किया और एक वाइफ को मतलब अपने एरिया की जो श्रीलंका की छः अच्छी दिखने वाली आंटियों को दीदियों को जिनको भी रानियों को समझ लो रानियों को मंगाया और बोला कि मेरे को आपसे शादी करनी है उनमें से किसी ने भी मना कर दिया तो उन लोगों ने श्रीलंका के राजा ने आउट ऑफ श्रीलंका से मतलब भारत कंट्री से जैसे इंडिया पाकिस्तान अगर उस टाइम तो पाकिस्तान था नहीं इंडिया चाइना नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जो भी है गाइस सारी कंट्री से एक एक रानी को बुलाया और बोला कि मेरे को आपसे शादी करनी है उन लोगों ने हाँ बोल दी सबने क्योंकि वो राजा बहुत अमीर था बहुत अमीर एकदम ऐसा था कि पैसा उसके पास भरपूर था तो उन लोगों ने बोला कि हाँ मैं कर देंगे शादी तो उन लोगों ने ना छः रानियों को बुलाया छः सिक्स औरी वाला बुलाया और बोला कि मैं आपको छ बीज दूंगा किस चीज के आ, क्या बोलते हैं उसको रोज के रोज के बीज दूंगा तो रोज के बीज दूंगा और सिक्स मंथ्स बाद बोलूंगा आ, कि आ, को एक, को एक रोज ला के देना बस एक छीज दूंगा छ रानियों को छ महीने के लिए और एक, एक रोज ला देना और रानियों का था दिमाग खराब उन लोगों ने एक की जगह छ छ रोज लाए देखो जो रानियाँ थी ना सिक्स रानी थी तो क्या किया पहली फोर रानी ने क्या किया कि ब्लू ब्लू नहीं रेड कलर के रोज लाए थे हाँ चलो हम रेड कलर भी कंसीडर करते हैं रेड रोज लाए थे और और एक रानी ने वाइट रोज लाया था वाइट रोज हाँ वाइट रोज लाया था और एक रानी एक रानी जो थी एक रानी ने बोला कि मैं मैं नहीं लाई रोज उन लोगों ने सबको पूछा और राजा ने पूछा रानी से कि आप रोज क्यों नहीं लाए हो तो उसने बोला रानी ने कि जो आपने मेरे को भेज दिया था वो रोज का तो था ही नहीं उसमें से रोज आए नहीं और चलो भाई सभी आप बोल रहे हो कि इसमें श्रीलंका के फ्लैग का क्या लेना देना है तो हम लोग वो एंटायर दॉपिक सबको अवे करते हैं अपने टॉपिक से और वही टॉपिक पे आते हैं तो मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता की <laughs> मुझे नहीं पता कि वो शेर के हाथ में तलवार क्यों रहती है बस वाइस चलो